सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक बौद्ध विहार मौजूद था और इसलिए अयोध्या के विवादास्पद स्थल को इस धर्म के मतावलंबियों को दे दिया जाना चाहिए अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है मौर्य शासनकाल तक इसका नाम साकेत ही था यहाँ पर कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने बावरी नाम के बौद्ध भिक्षु की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में बावरी बौद्ध विहार बनवाया था राजा प्रसन्नजीत गौतम बुद्ध के समय में थे इस बौद्ध विहार को जो अशोक का पौत्र था उसके गद्दार सेनापति पुष्मित्र श्रृंग परशुराम ने ध्वस्त कर दिया था यह स्थान बावरी नाम से विख्यात हो गया था अयोध्या का बावरी नामक स्थान पर किसी मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया ये मस्जिद बावरी नामक स्थान पर बनी होने के कारण बावरी मस्जिद कहलाती थी कुछ दिनों में इसका नाम बिगड़कर बावरी मस्जिद हो गया ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई अगर ये मस्जिद बावर बनवाता तो मुगल काल में पैदा हुआ तुलसीदास भी अपनी रामचरित में जरूर लिखते फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे करके बाबरी मस्जिद को गिरा दिया इसके बाद केस हाईकोर्ट में गया पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान की खुदाई की गई, लेकिन राम मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है क्योंकि वहां राम मंदिर था ही नहीं खुदाई में बुद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उस स्थान की खुदाई रूकवा दी गयी हाईकोर्ट के वकील ने फैसला सुनकर इस जमीन के तीन हिस्से कर दिये इस बात की खबर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को चली तो उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया अब तीन लोग इस भूमि के दावेदार हैं मूलतः ये जमीन बौद्धों की है और अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर नहीं बनेगा ये आरएसएस के लोग जानते हैं शीर्षस्थ उपन्यासकार कमलेश्वर के सन 2000 हजार में प्रकाशित बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान की चर्चा करना समीचीन होगा जिसमें तथ्यों का हवाला देते हुए बताया गया है कि अयोध्या में न कभी बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद थी और न ही राम मंदिर उपन्यास को नामवर सिंह विष्णु प्रभाकर अमृता प्रीतम राजेंद्र यादव हिमांशु जोशी और अभिमन्यु अनंत जैसे साहित्यकारों लेखकों ने विश्व उपन्यास कहते हुए उसकी जमकर तारीफ की थी उस समय करीब करीब हर प्रमुख हिंदी ही नहीं जी इस इस मुद्दे पे हम कई सालों से लगे हुए थे कि ये अयोध्या जो है बौद्ध स्थल घोषित हो और मैं ढेर जो समाज के अगुआ बनते हैं सारे लोगों से बातचीत करते रहे की इसको आप दाखिल करिए तो समाज के लोगों के द्वारा जो आ, हमें वो नहीं मिल पाया लोग नहीं दाखिल किए तो हमें खुद मजबूर होके समाज के बीच जाना पड़ा कि नहीं अब हम ही दाखिल करेंगे तो ये मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को 6 मार्च 2018 को दाखिल हुआ वो तो हमें जानकारी लगे हैं, मगर आपको समाज ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज के लिए। तो कई सालों से मैं इस चीज को जो है उठा रहा था कि ये चीज अपनी है और इसको दाखिल किया जाए तो कोई तैयार नहीं हुआ तो हम ही सामने आए कि इसको हमें दाखिल करना है किसी भी तरीके से लोगों के पास गए सहयोग के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना इतना आसान नहीं होता है लोगो ने सहयोग किया तो वहाँ पे दाखिल हुआ मुकदमा एकदम तो बात है कि इन चीजों उस, उस चीज को सुनना नहीं चाहते है दूसरी चीज ये है ना खास कर जो मौर्य वर्ग है अपने मौर्य कहते हैं की मैं ताक कुशवा के खानदान का हूँ ये लोग इतने डरते हैं कि अपने स्वाभिमान को भी किनारे कर देते हैं कि ये मेरा स्वाभिमान है तो अब उसी स्वाभिमान के, के लिए जो है कि ये बौद्ध स्थल है सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था विशाखा का माह था यहाँ पे विशाखा यहीं के रहने वाली थी अश्वघोष बास असंग सब यही से कभी बन के निकले है तो ये फान का यात्रा वर्णन है कनिघम का पुरातात्विक अवशेष के ऊपर वर्णन है यही सब इकट्ठा हुए और 2002-2003 में जो खुदाई हुई कोर्ट के द्वारा उसमें जो हमने आपका पी आई का पढ़ा था तो उसमें हाँ, जो है वो जो आपका खुदाई की गई दो हजार हाँ, दो से दो हजार तीन के बीच में और खुदाई ऐसे जी खुदाई ऐसे नहीं हुई है खुदाई हाँ, खुदाई जो है हुई है न्यायालय से माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय लखनऊ से दोनों वर्ग हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एप्लीकेशन डाली कि इसको खोद के देखा जाए ये मंदिर का निकलता है या मस्जिद का निकलता है तो कोर्ट ने आदेश किया आदेश करने के बाद जो खुदाई के अवशेष निकले वो बहुत दस्तल के निकले तथागत बुद्ध के अवशेष निकले इसलिए वो जो अवशेष हैं उस अवशेष विभाग ने लिखा है कि ये श्रावस्ती और सारनाथ से मेल खाते हैं इसी अवशेष को लेके के मैं जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में गया कि ये जो है न्यायालय देखे कि यहाँ जो खुदाई के अवशेष हैं पुरातत्व तो विभाग कह रहा है की बौद्ध अवशेष है तो न्यायालय भारत सरकार को आदेश दे कि ये उस जो तो के अधीन हो और जो एक्ट है अपने प्रेयर में ये लिखे हैं कि एक्ट नंबर 28 उन्नीस जो पुरातत्व तो का है एक्ट है उसकी उसकी धारा तीन और चार में के तहत अन, अन्य अन्य स्थलों को पुरातत्व ने अपने अंडर में लिया है जैसे सारनाथ हुआ सरावस्ती हुआ कपिलवस्त हुआ, भीटा हुआ, हुआ, हुआ, सांची इन स्थलों को पुरातत्व विभाग अपने अंदर रखा है तो ये भी स्थल पुरातत्व के अधीन होना चाहिए जो है उसके तहत क्यूँकी वो वो मेरा अधिकार बनता है की हम न्यायालय को या सरकार को सही सही दिशा एक भारत का नागरिक होने के कारण हमें ये अधिकार मिलता है कि हम सुझाव दें कि इसमें जो बेवजह की चीजें हो रही हैं वो ना होने पाए जी सही बात है जी मतलब जो सबूत मिल रहा है तो उसके बावजूद करके दूसरे चीज़ की बहस लिखी जा रही है तो की तीसरे में तीसरा पक्ष का कोई मतलब नहीं सुनवाई होगा इसका मतलब क्या है सर मैं तीसरा पक्ष अभी तीसरा पक्ष की बात नहीं है जो जो है वो चैनल पे दिखाया गया तीसरा पक्ष खारिज कर दिया गया है तो तीसरा पक्ष हम अपने हम उसमें अपील में नहीं गए हम पिटीशन लेके गए हैं तो अपील जो भी खारिज हुई अपील खारिज हुई है अपील में कई अपील है तो जो जो वो अलग है ये पिटीशन अलग जा रही है ये पिटीशन उससे ऊपर ही सीधा काम होगा नहीं जी हमने हमने जो पिटीशन जो डाली है यो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे है ना किसी मंदिर के मंदिर के लिए है ना किसी मस्जिद के नाम पे है वादी प्रतिवादी में हम जो है मंदिर मस्जिद के, के लिए कोई जगह नहीं है हम, जो मैंने <coughs> आपको मंदिर मस्जिद से कोई लेना नहीं है नहीं हमें मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद से हमने भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी को मैं पार्टी बनाया हूँ कि वो स्पष्ट करेगा कि ये पुरातत्व के अधीन आएगा कि नहीं आएगा अच्छा अच्छा हमें मंदिर मंदिर मस्जिद से नहीं मतलब है वहाँ क्या है आ, क्या झगड़ा क्या नहीं झगड़ा है और हम पी हम पिटीशन लेके जा रहे हैं कि इस तरीके से हम सुझाव भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को न्यायालय को कि इस तरीके से कई कई स्थानों पे हुए हैं कई स्थानों पे हुए हैं उस तरीके से पुराता अवशेष के ऊपर ये भी जो है अवशेष है इसको भी उसी के धारा के अनुसार इसको भी उसमें लिया जाए नु नु नु नु नु जी नु सर सही बात है नहीं ये बात मतलब ऐसा काफी है मतलब कि हाँ, हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है हमें नहीं पढ़ना है जैसे लोग पूछते है तीसरा पक्ष तीसरा पक्ष भाई हम मंदिर मस्जिद की बातें नहीं करते हम तीसरा पक्ष है कहाँ पे हम न राम का विरोध कर रहे हैं न बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं दोनों लोगों के द्वारा जो हाई कोर्ट में अप्लीकेशन डाली गई इसको खोद के देखा जाए कि किस किसके अवशेष मिलते हैं ये तेईस तेईस तेईस मार्च लगी है और तेईस तेईस मार्च में क्या होता है ये देखा जाएगा तो मेरा सुझाव जो है एक भारत के नागरिक होने के कारण संविधान हमें जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है संविधान के दायरे में रख के एक सुझाव देना कि और अन्य जगहों पे पुरातत्व विभाग इस तरीके से किया है तो इस जगह को भी पुरातत्व विभाग जब ये इस तरीके के अवशेष हैं ढाई हजार साल पुराने प्राचीन अवशेष हैं और और सर एक चीज इसमें ये भी है कि ये पुरातत्व विभाग सरकुरल सराइन कहता है वो आप हुँ। देखे होंगे सारनाथ में चबूतरा टाइप के छोटे छोटे ढेर सारे हैं हा, हा, हा। तो वो चीज हाँ वो श्रावस्ती में है कपिलवस्त्र में है यहाँ पे संकसा में, में भी है सारनाथ, सारनाथ में है, है। तो वो है। वो चीज यहाँ पे अयोध्या में भी निकलती है साकेत में भी निकलती है जो उसी चीज को हम उठाए हैं कि सर्कुलर सराइन है ये तो ये तो बहुत अवशेष है और जो दिवाले है दिवाले स्वयं तो कहता है ये सारनाथ से मेल खाती है जब सारनाथ श्रावती से सब मेल खाते हैं तो ये अवशेष पुरातत्व तो अधिनियम के आयुक्त के तहत ये सुरक्षित अवशेष घोषित किया जाए इसलिए हमें वहाँ पे आ, आपका कहने का मतलब बनाया कोई मतलब नहीं है जो खुदाई में जो भी चीज मिल रही है जी बौद्ध स्थानीय सुरक्षित उसको सुरक्षित किया जाए वो मन, मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए उससे नहीं मतलब है जो उन गड्ढों से निकली चीजें हैं तो वो गड्ढे से जो उन्होंने ड्रेंच लगाए हैं उन ड्रेंचों से जो निकली चीज है वो उस चीज को वो सुरक्षित रखें कि ये बौद्ध अवशेष है मेरी तो मांग यही है हमें वो मंदिर बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं हम उस लफड़े में नहीं है अगर, तो भाई तो भाई हमारा तो देखिए भाई इतिहास जो जो जो है हाँ, आपका है है आपका पर हमें मिली चीजें उनको आप मतलब उसको सुरक्षित कर करें सुरक्षित करें उस उस जगह अच्छा, को उस जगह को जो जहाँ पे ये सब अशोक कालीन ईटे निकले हैं और वो ढेर सारे सामान निकले हैं वो वो चीज उस जगह को पूरा पुरातत्व विभाग जैसे सब जगह ओपन किया है देखने के लिए लोग पर्यटक आते हैं देसी आते हैं विदेशी आते हैं और उसपे टिकट भी लगाते हैं उसी पर्यटक जाए देखने के लिए और यहाँ के भी लोग देखे की ये बहुत अवशेष है खंडहर है ढाई साल पहले तथागत बुद्धि यहाँ पे आए थे और सम्राट अशोक ने इसको जो है विकास किया था विशाखा ने यहाँ पे महल बनवाए थे वो सब अवशेष जब निकल रहे हैं पुरातत्व का अवशेष तो उसी को उसी को पुरातत्व अवशेष का जो एक्ट है उसी एक्ट के तहत ही देखा जाए ना कि ये मंदिर और मस्जिद के चक्कर में देखा जाए मतलब है कि पब्लिक इस चीज को गुमराह ना हो कि भाई हम मंदिर मंदिर के खिलाफ जा रहे हैं हमें उसके खिलाफ हमारा है ही नहीं हम मंदिर वहा मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ हमसे उससे नहीं मतलब है मुझे मुझे तो, तो, तो खोद के जो निकाले हो जो खोद के निकाले उस हिस्से को ओपन कर दीजिए सबके लिए कि ये खोद के तो निकला और जो बचा हुआ है जो बाकी खुदाई है उसको पूरी करिए उसको पूरी कि यहाँ पे ये अवशेष निकले हैं मेरे पास जैसे ही मतलब ऐसी खुदाई में ये सामान मिलने लगा बॉर्डर खुदाई को रोक दिया रोक दिया गया है अब वो एक है कि मतलब ऐसा लोग थी बीच में जी तो वही वही मेरी मांग है कि इस तरीके से गौर न्यायालय को सुझाव भी है भारत सरकार से मांग भी है कि इस तरीके से करे तो सारा मामला हल हो जाएगा कोई किसी के ऊपर दबाव भी नहीं है और ना मेरा किसी से झगड़ा है मैं तीसरा पक्ष हूँ नहीं मैं अपने हम उसपे बात कर रहे हैं की कि जो खोज का जो है है जो है से जो वो हाँ, भारत सर, भारत सरकार के है, और भारत सरकार के पुरातत्व विभाग एक बॉडी है एक, हाँ, एक एजेंसी है कि जो पूरे भारत में जो भी खुदाई के अवशेष होते हैं वो विभाग उस चीज को खोद के निकालता है और सारे लोगों के लिए खोल देता है की आके इस पे रिसर्च करिए और ढ़ेल सारे पब्लिक को जानिए हाँ, इतिहास को पढ़िए यही यही सब होती यही सब चीजें चीजें होती इसलिए मैं गया हूँ कि ये आ, मतलब ये इस पे पूरे देश का ध्यान पूरे विश्व का ध्यान यहाँ पे करोड़ों रुपए महीने खर्च हो रहे हैं बेवजह के देश की राजनीति उलट पुलट जाती है तो हाँ पे पूरे देश की राजनीति तो उलटती है जो चीज वहाँ मिली है उसपे किसी एक आदमी का हक नहीं है का तो आपको वो सरकार उसको कहते हैं कोई लेना देना नहीं हमारा जो मिला है हाँ। वो हमारा भी नहीं है वो देश का है वहाँ पे जो मिली है उसको सुरक्षित किया जाए सही बात है तो हमने सबने अपने पिटीशन में जैसे वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम का उन लोगों ने अपने पिटीशन में लिखा कि ये हमें मिलनी चाहिए लेकिन मैं अपने प्रेयर में ये नहीं लिखा हूँ मैंने तोयर तो मैं में प्रेयर में ये लिखा हूँ की एक्ट जो पुरातत्व तो एक्ट बता कहता है उसके अधीन ये इस चीज को सुरक्षित रखे और लोगों के लिए खोल दे जैसे एक्ट इनका एक्ट है एक्ट नंबर चौबीस उन्नीस सौ अट्ठावन एक्ट नंबर चौबीस हमारे पास भी है वो एक्ट नंबर चौबीस और वर्ष उन्नीस सौ वर्ष उन्नीस सौ अट्ठावन की धारा तीन और चार जो मॉनुमेंट मिलते हैं वो आर्कोलॉजी साइट पे वो पूरा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया उस चीज को सुरक्षित रखे यही मेरा मांग है हमने ये नहीं कहा कि ये हमें मिलनी चाहिए या कि किसी और को दे देनी चाहिए हमने कहा कि पुरातत्व अपने अंडर में रखे और उसका खोद खोद के निकाले देशी देश भी भी दे, देश विदेश के लोग आए उसको देखें उस पर रिसर्च करें तो यही चीज मेरी मांग है